स्टूडेंट्स तो ये रेस्पिरेशन के एमसीक्यूज़ हैं ये वो जो सीरीज थी एमसीक्यूज़ की वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये मैंने देखना मुनासब समझा स्टडी एड है आफ्टर या बिफोर यू वॉच दीट रेस्परेशन रिविजन सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दबाउट एलवियोलर प्रेशर अब बात हो रही है एलवियोलर प्रेशर की और बात हो रही है इंट्राप्लूरल प्रेशर की और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ट्रू कौन सा है नीचे चार स्टेटमेंट्स हैं पहला है एलवर प्रेशर इज ऑलवेज सब एटमॉस्फेरिक क्या ये हमेशा सब एटमॉस्फेरिक होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ग्रेटरप्लूर प्रेशर और डी है इंट्राप्ल प्रेशर इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर पॉज ठीक है बेटा तो इसका जवाब है ये ये जवाब है इसका ठीक है द एलवर प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरप्ल प्रेशर और यहाँ इफ द ट्रांसफॉर्मरी प्रेशर अब ये ट्रांसफॉर्मरी प्रेशर की बात हो रही है अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्मरी प्रेशर क्या है तो ट्रांसफॉर्मरी प्रेशर अभी क्यों बताऊंगा आपको इंशाल्लाह वो कहता है कि जी ये जीरो हो गया अब आपको याद होना चाहिए कि ये जीरो नॉर्मल होता है या ये नॉर्मल नहीं होता वरना फिर एम नहीं होगा तो कहता है अ हैज प्रॉब्ली अकर न्यूमोथोरेक्स जो है वो ये है कि आपकी जो प्लूरल स्पेस है उसमें एयर आ गई है ठीक है अब प्लूरल स्पेस में एयर आ गई है क्या ये नॉर्मल बात है या नहीं ये आपको पता हो हो चाहिए दूसरी बात है लंग्स कैन नॉट इन्फ्लेट अगर ट्रांसफॉर्मेंट प्रेशर जीरो हो जाए तो लंग जो है वो इनफ्लेट uh, करेगी या नहीं करेगी और फिर तीसरा जो है इलास्टिक रिकॉयल कॉजेज लंग्स टू कुलैप्स ठीक है और चौथा है अगेन मैं repeat कर रहा हूं कि जो standard, uh, question format है वो five stemmer questions आते हैं ए बी सी डी और ई e, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं बेटे ये याद रखिएगा और वो चूज द बेस्ट होते हैं उसमें एक ऑप्शन सिर्फ बिल्कुल बेस्ट होता है ठीक है ना दो या तीन करीब करीब भी होते हैं मुश्किल में लेकिन करेक्ट बेस्ट यही एक होता है ठीक है तो इन एमसीक्यूज और उस तरह के फिर MCQs में ना इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होती all of these apply, या none of these apply, इस तरह की statements, uh, usually, uh, uh, university questions में avoid की में जाती तो question, okay, so है ठीक है तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ओके सो इसका जवाब है ऑल ऑफ दि क्यों ट्रांसफॉर्मरिंग प्रेशर हमने देखा था कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन हम दोबारा से उस आ, उस उसको करेंगे जिस पे वीडियो बनी हुई वी थी आपको ये ये सारी चीजें वीडियो में मिल जाएंगी ठीक तो तो अब अब बेटा जी अब देखें ये, इस MCQ को अब आप दोबारा सॉल्व करें न्यूमोथोरक्स तो है जीरो क्यों हुआ वो तो प्लस फाइव होना चाहिए जीरो वो इसलिए हुआ कि आपका जो एल्व्यूलर प्रेशर और प्लुरल प्रेशर के दरम्यान जो गड़बड़ हुई है वो प्रॉब्ली ये हुई है कि प्लूरल प्रेशर भी जीरो हो गया अभी आपका अब ये अगर प्लूरल स्पेस है ठीक है और ये आपकी लंग्स बैठी हुई है इसके अंदर ठीक है तो ये इसके ऊपर ये ये क्या हो गया ये विस्टरल प्लूरा प्लूरल मेम्रेन होगी ये पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन हो गए ठीक है तो इसके के ये वाले हिस्से में जो प्रेशर होता है इसको आप कहते हैं प्लूरल प्रेशर है। अब और इसके अंदर जो क्या कहते हैं एल्व्यूलर प्रेशर ठीक है तो इनको आपस में जब इस, इस पी ए माइनस प्लूरल प्रेशर को जब आप देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मी प्रेशर बन जाता है ठीक है तो अगर ये जीरो आ रहा है अगर इन दोनों का माइनस किया हुआ जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि जो माइनस के बाद है, वो बढ़ गया है, है? तो है? इधर एर, एर आ गई है ठीक है एयर ये नहीं होती लेकिन चलो इधर एर आ गई है और वो फ्लूरल प्रेशर इसके लिहाज से बढ़ गया है, ठीक है अब लंग्स कैसे इंफ्लेट करेंगी क्योंकि फ्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है तो लंग इन्फ्लेट करती है ये तो आपने पॉजिटिव कर दिया इसको लंग इन्फ्लेट नहीं करेगी और इलास्टिक रिकॉयल अपनी जगह मौजूद है लंग का वो लंग को क्लाब्स कर देगा ओके okay, सो so ये मटेरियल जो है इस इन दो एम का ये वीडियो में आपको uh, 11 मिनट्स uh, 45 सेकंड्स ऑनवर्ड्स टिल तक आपको uh, ये मिल जाएगा ओके सो एम नंबर थ्री ये क्या कहता है Maximum maximum maximum amount amount of of air air that that can can be expired after a inspiration. important MCQ. be expired after a maximum inspiration. इंस्परेशन पहले आपने मरीज को कहा कि आप पूरी तरह अच्छी तरह maximum inspiration करें और फिर maximum expiration करें ठीक है मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपेरेशन करें तो इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं क्या राइटर वॉल्यूम कहते हैं फोर्स एक्सपीरेटरी कहते, कहते हैं या मैक्सिम एक्सपेरेटरी फ्लो रेट कहते हैं Pause. तो बेटा इसका जवाब है आप जानते हैं कि वाइट्रपेसिटी क्या होती है अगर आपको रिवाइज करना है तो ये टाइम स्टैम्प है का. से लेकर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो तक आप इसको देख सकते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एम सी क्यू की इफ द ब्लड लैक्ड आरबीसी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर हम ब्लड में से आरबीसी निकाल ही दें बट द लंग्स वर फंक्शन बड़ा मजेदार एमसी क्यू ये ब्लड में रेड ब्लड से नहीं है लेकिन लंग जो है वो नॉर्मल काम कर रही है तो क्या होगा ए आर्टीरियल ब्लड पीओ टू पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल का ब्लड गैसेज जैसे कहते हैं उसमें ऑक्सीजन का जिक्र हो रहा है वुड ये पूछा गया द ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द आर्टीरियल ब्लड वुड बी नॉर्मल पॉज तो इसका बेटा जी जवाब है ए आर्टीरियल पीओ टू वुड बी नॉर्मल कॉन्टेंट नॉर्मल नहीं होगा ठीक है अब ये इसकी थोड़ी सी ये गलत है ये दिस इज रॉन्ग ये गलत है ठीक है ये सही है क्यों सही है आर्टीरियल पी ओ का मैंने जिक्र किया था अब मुझे उसका टाइम स्टैंड इसलिए नहीं मिला कि वो बातों बातों में बीच में कहीं मैंने मैंशन किया है कि बेटा जी ये जो आर्टीरियल पीओ टू है या पार्शल प्रेशर कोई भी गैस जो एग्जर्ट uh, करती है वो डिजोल्व फॉर्म में करती है ठीक है ये बात आपने याद रखनी है तो ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर है ब्लड uh, में या कार्बन डाइऑक्साइड का वो वो वाली गैस होगी जो डिसॉल्व हुई हुई होगी प्लाज्मा में ठीक है जो बाउंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती ठीक है तो अगर रेड ब्लड सेल्स हैं ही नहीं इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो जो भी आप दे रहे हैं वो प्लाज्मा में डिजोल्व तो हो रही है इसीलिए पार्शल प्रेशर जो एग्जर्ट करेगी वो नॉर्मल होगा लेकिन ऑक्सीजन कॉन्टेंट नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्टेंट जो है वो बाउंड हीमोग्लोबिन विद हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा इन दोनों को मिला के आप निकालते हैं कि टोटल कंटेंट ऑक्सीजन का ब्लड में कितना है ठीक है वो कम होगा जाहिर है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है इस थियोर क्वेश्चन में हाउ इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सही है ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इफ ए पर्सन वॉज स्कूबा डाइविंग अभी स्कूबा डाइविंग क्या होता है स्कूबा डाइविंग वेरी सिंपली इज डाइविंग स्कूबा विध वो जो नहीं होते जो uh, तैराक होते हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं ठीक है ना तो उनके ऊपर आपने पूरा वो uh, देखा होगा उनका मुंह मास्क होता है कवर होता है और पीछे एक सिलेंडर लगा हुआ होता है जो डीप सी डाइविंग होती है वो स्कूबा एक के बगैर मुमकिन इंसानों के लिए नहीं है तो उसने डेफ भी दे दिया आपको ठीक ठाक उसने uh, डीप uh, पानी के अंदर जाना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि इस तरह की स्टेटमेंट्स यूनिवर्सिटी में नहीं आती है। हाउएवर ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अब इसमें दो तीन स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट दुरुस्त हैं और एक स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है तो आपको लर्निंग ये हो जाएगी कि इसके बारे में सही क्या है ये भी लर्निंग आपकी हो जाएगी और इसके बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी जाहिर है उसकी इसका ऑपोजिट करेक्ट होगा तो ये नॉलेज में आपको इजाफा होगा इन श सो करेक्ट आंसर बेटे सी है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ़ द कार्बन डाइक् में नहीं किया तो उसका बड़ा ब्रीफ सी यह है कि जब आप डीप सी में जाते हैं तो जो एटमोस्फेरिक uh, कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आप जितने फीट नीचे uh, पानी के जाते हैं उतना ज्यादा टू बढ़ता जाता है ठीक है तो पीओ अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की है, वो भी, बढ़ेगी। जो है, वो, में वो भी बढ़ेगा ठीक है और ये बात याद रखिए जैसे, जैसे आप नीचे जाएंगे पीओ ज्यादा बढ़ता है और हाई एल्टीट्यूड में यानी आप आ, किसी पहाड़ी इलाके में चलेंगे चले जाए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पीओ टू कम होता जाएगा ठीक है ओके Uh, और फिर uh, दूसरा क्वेश्चन uh, क्या है? है। अब ये मैंने है, मैं ये मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ मैं रेफरेंस भी देख लीजिएगा ये आपको uh, uh, आपके सामने मौजूद है 54.58 से 109.59 तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बेटा जी ये वाला सवाल भी उसमें से आएगा आपको समझ आएगा और ये वाला भी आपको आंसर वहां से आएगा ये वाला आपको किस तरह से आएगा समझ ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर फाइव ये इस तरह से आएगा कि हम नॉर्मली पीओ टू किस पे रखते हैं 95 के राउंड रखते हैं एम तो उस पे जो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन होती है आ, आ, वो होती है 97. सेवन पॉइंट होती है ठीक है ना तो आपने उसको 100 परसेंट अगर कर दिया तो 100 यानी जितना इतना आप पीओ बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम जो हिमोग्लोबन सेचुरेट कर सकता है वो 97 से उठ के हंड्रेड कर सकता है तो थ्री परसेंट का वहां पे आपको एडिशन हो जाएगा और डिजॉल्व भी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर जाती है ज्यादा फर्क पड़ता है हीमोग्लोबन में ये सारा वहां डिस्कस मैंने किया है फिर आ, बात की गई डिक्रीज ऑक्सीजनिटी की फॉर ऑक्सीजन अब ये uh, क्या मामला है ये मामला भी आपको इस वाले सेगमेंट में मिल जाएगा जहां मैं मैं बात कर रहा हूं शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ हीमोग्लोबिन हिमोग्लोबिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या पीओ टू ज्यादा इफेक्ट होगा क्या आर्टीरियल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन सैचुरेशन यानी आर्टीरियल uh, ब्लड ar में जो हीमोग्लोबिन uh, की ऑक्सीजन से सेचुरेशन है परसेंटेज में वहीसेंट परसेंट एज भी सेचुरेशन क्या वो इफेक्ट होगी या यही चीज वीनस ब्लड में इफेक्ट होगी या आर्टीरियल इफेक्ट होगी ये है जी पॉज का जवाब ये है ये जी अगर आप अफिनिटी डिक्रीज करेंगे अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि अफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है अफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ना नहीं चाहती बल्कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाह रहा है उसकी अफिनिटी कम हो गई है उसके जो अट्रैक्शन है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो गई है ठीक है तो वो निकाल रहा है ऑक्सीजन को सो जब आप वीनस ब्लड में देखेंगे कि ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है तो वो आपको कम नजर आएगी घटी हुई नजर आएगी क्यों क्योंकि ऑक्सीजन सारी की सारी इससे पीछे निकाल ली गई है टिश्यू के लेवल में क्योंकि अफिनिटी कम हो गई थी आटीरियल पीओ क्यों नहीं घटेगी ये बात बड़ी अच्छी है आर्टीरियल पीओ इसलिए नहीं घटेगी कि पीओ टू को एक तो बॉडी बड़ी अच्छी तरह रेगुलेट करती है Number seven है, है की बात हो रही है, एक आदमी ने several seconds के लिए hyperventilate किया, उसको क्या होगा क्या उसकी आर्टीरियल पीओ टू करेगी तो वो हाइपर कर रहा है या उसकी पीसीओ टू डिक्रीज करेगी या उसकी आर्टीरियल जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन बाउंड वो इंक्रीज करेगी या उसको एसिडोज हो जाएगी उसका आर्टीरियल पीएच घट जाएगा नीचे आ जाएगा सबसे नुमाया क्योंकि आपको कहा गया था देर वुड बी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट करता सबसे ज्यादा क्या होगा पीओ कर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो भी जाता है या परसेंटेजन थोड़ी बहुत इंक्रीज हो भी जाती है सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड पे क्योंकि आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाइक्साइड बाहर निकालेंगे तो ब्लड में जो है, वो नीचे आता जाएगा। इसकी एक और वजह भी है ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट होती है ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए उसका लेवल मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा और भी मैकेजम्स मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई खास मैकेजम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को प्योरली वेंटिलेशन रेट के साथ नहीं किया गया है कनेक्ट किया गया है और इसकी वजह यह है कि एट सी लेवल कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन कंट्रोलर ऑफ रेस्पिरेशन तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी और तरह से रेगुलेट नहीं करते क्योंकि उसको हम प्योर रहने देते हैं क्यों क्योंकि हमारी पूरी रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे फिक्स किया गया है एट सी लेवल तो इसलिए अगर आप हाइपर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी अगर आप सांस रोक लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी ठीक है सो डायरेक्ट को है आपकी वेंटिलेटरी वेंटिलेशन के रेट का रेट ऑफ वेंटिलेशन का आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स पे और ये जो चक्कर है उसने डिक्रीज का तो एक्चुअली जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालते हैं इसमें इस तो अलक्लोसिस होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अक एसिड वोलाटाइल एसिड है ना कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वो वॉटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड इज असिड तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं बाहर तो पीछे क्या रह जाएगा बंदे में उसमें अल्कोलोस हो जाएगी ठीक है ये होता है जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं और कोई दौड़ शोड़ लगाने की कोशिश करते हैं तो आप हाई हाँपना आप शुरू कर देते हैं हाइपर वेंटिलेट करते हैं और फिर आपको अगर आप ये हरकत जारी रखें तो हो सकता है कि आपको अल्कुलसिस uh, हो जाए रेस्पिरेटरी अल्कुलोस हो जाए जिसकी ऐसे कुछ और पेचीदगियां भी कॉम्प्लीकेशन uh, भी डेवेलप हो जाती okay, है ओके क्वेश्चन नंबर एट है इरेटन आपको पता होना चाहिए हॉमोन है प्रोड्यूस्ड ये कहाँ से होता है ठीक है ये पहले ये कर लेते हैं फिर इसका फंक्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट जी पॉज तो आपको पता है होना चाहिए कि किडनी प्रोड्यूस करती हैं कब प्रोड्यूस करती हैं जब हाइपोक्सिया होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसको हाइपोक्सिया कहते हैं तब किडनी के कुछ सेल्स सेंस करते हैं कि जो ब्लड उनके में आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है कॉन्टेंट कम है तो वो क्या करते हैं वो एरेथ्रोपोर्टिन बनाना शुरू कर देते हैं। एरेथ्रोपोर्टिन क्या करता है बोन मैरो में जाता है और रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन को बम्प अप कर देता है, okay, nine, again, एक, uh, similar, uh, है जो हम पहले एक कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सामोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज करती है किन कंडीशन में और कंडीशन आपको ये दे दी गई ठीक है पॉज जो एक स्लाइड पहले जो MCQs थे जहां हमने हीमोग्लोबिन स्टड कर्व से किए थे वहां यही मैंने टाइम स्टैम्प दी थी आपको मैं दोबारा इसी को रिफर करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है इसका जवाब बेटे है ऑल ऑफ दीज इन सारे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी uh, है जो जो इसकी अट्रैक्शन है फॉर ऑक्सीजन वो डिक्रीज मिलेगी इसका एक और कहने का तरीका वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने पास से रिलीज करेगी या एक्मेटाइजेशन हाँ ये हाई एल्टीट्यूड पे जब आप एक्मिटाइज कर जाते हैं तब भी एफिनिटी कम होती है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ क्यों क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है हवा में ऑक्सीजन कम होता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रेशेस हो जाती है तो इसलिए वो पूरी कर्व को राइट शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एट हाईटीट्यूड ठीक है ये वाली जो बेट है ये वाली बेट ये पूरा ये यहां पे इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ आपने इसको जब पढ़ना है तो अपने माइंड में ऐड कर लेना है कि उन कंडीशंस में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन शिफ्ट करते हैं नंबर टेन मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है इन ब्लड कैरीड इन दफ कौन सा फॉर्म है जो सबसे ज्यादा कॉमन है बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कार्बन डाइक्साइड वो जो हमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाता है कार्बोक्सीमोग्लोबिन ही, पॉज इसका बेटा जवाब ऑब्वियस है इसका जवाब है बाई कार्बोनेट अगेन इसका टाइम स्टैम भी ये है अराउंड एंड ऑफ दिस सेगमेंट आई डिस्कस हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रेवलिंग इन ब्लड और हेल्डेन इफेक्ट फॉर्म्स ऑफ कैरियंग कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ये सारी डिस्कशन uh, इस वाले टाइम टाइम लैब्स में की गई है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है कि बायोकार्बोनेट कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड वुड बी डिक्रीज ड्यूरिंग बायोकार्बोनेट कंसनट्रेशन ब्लड में किन किस वाले इन इन, इन चारों एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में डिक्रीज करती है ठीक है तो पॉज इसका जवाब है है है अगर डिक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब कि मसला मेटाबॉलिक है अब या तो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या है आपने लेकिन यह बात याद रखनी है कि जब एसिड बेस डिसऑर्डर में बायकार्बोनेट का जिक्र हो रहा है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक इस लफ्स की तरफ जाना चाहिए मेटाबॉलिक मसला मेटाबोलिक है ठीक है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र हो रहा है किसी किसी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में तो आपका माइंड जाना चाहिए रेस्पिरेटरी ये बात याद रखिएगा ये फॉर्मूला है ठीक है तो यहां पे बात हो रही है बाइकार्बोनेट की तो आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक में बाय द वे किधर गया ये मेटाबॉलिक में का मतलब होता है किडनी मैं किडनी बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ ये वेरी गुड का मतलब होता है किडनी ठीक है, so, ये ट लवटोबॉलिक मतलब किडनी किडनी इज एट और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र हो रहा है तो रेस्पिरेटरी लंग्स आर एट fault, ठीक है they are, they are linked. ये बात याद रखिएगा। तो बायोकार्बोनेट का जिक्र हो रहा है तो ये होगा तो मेटोबॉलिक अब डिक्रीज का क्या मतलब है अगर बायोकार्बोनेट जाहिर बफर है अगर ये डिक्रीज हुआ है ये डिक्रीज क्यों हुआ है लड़ते लड़ते हुआ है क्योंकि नॉर्मली आपकी एसिडोसेज को चेक में रखता है तो अगर ये कम हो गया है, इसका मतलब है कि एसिडोसेज तो बेटे इसका जवाब करेक्ट जवाब ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक है ये बात हो गई उसके बाद चलते हैं इस पे के कीमो रिसेप्टर्स अब कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं ठीक है थीके? ये अब आपके लिए टाइम स्टैम्प है मैंने ये टाइम स्टैम्प रखा हुआ है इस टाइम स्टैंप को आप पढ़ लें देख लीजिएगा ये है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्परेशन उसमें कीमो रिसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो मेडलों में बैठे हुए होते हैं वो हैं और पेरिफ्रल की जो हैं एन एस से बाहर होते हैं और के आर्च के नीचे। अब ये बात कर रहा है medulla, इसने नाम नहीं लिया चला मतलब की बात हो रही है और ये कह रहा है डायरेक्ट स्टिमुलेट किस चीज से होते हैं क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड अब ये गौर से पड़ने वाली बातें हैं और ये आपको इस सेगमेंट में मिलेंगी इसमें डिटेल है और इस ये थोड़ा सा हार्ड एमसीक्यू है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली uh, uh, uh, उससे होते हैं या ये आर्टीरियल पीओ की डिग्री से होते हैं ये आपको अगर बहुत मुश्किल लग रहा है इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता ठीक है करेक्ट जवाब है चले पहले पॉज कर लेते हैं आपको वक्त देते हैं pause. इसका करेक्ट जवाब है गया ये सी बेटे इसका करेक्ट जवाब सी है कैसे ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन आइन्स ही इसका नंबर वन स्टिम्यूलेटर है ये बात आपको याद रहनी चाहिए ठीक है सेंट्रल का नंबर वन स्टिम्यूलेटर डायरेक्ट स्टिम्यूलेटर इज हाइड्रोजन आइन्स ये बात याद रखिए हाउ अब ये एक, एक इशू है ये कंसेप्चुअल ट्विस्ट कि हाइड्रोजन आइन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते ये ब्लड आप ये देखेंगे पर्दा लगा हुआ है ब्लड में और सी के सेंटर में उसके दरमियान एक पर्दा है इसको कहते हैं तो हाइड्रोजन आइन उस पर्दे को क्रॉस नहीं कर सकते लेकिन जो पर्दे के पीछे कीमो, बैठा, बैठा कीमो रिसेप्टर बैठा हुआ है वो हाइड्रोजन आइन से ही स्टिमुलेट होता है डायरेक्टली ठीक है तो अब कैसे क्या करें इसका तो इसका ये करें कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली ट्रांसफर होती है इस पर्दे से ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आती है वाटर के साथ करती है, बनता है, होता है रिलीज हुआ है जो डिराइव किया गया है ये कह रहा है बेचारा जो डिराइव किया गया है ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड से इस हाइड्रोजन से और ये मौजूद है से है इसका स्टिमुलेट नंबर वन स्टिमुलेटर ठीक है ओके okay, जी uh, तो हमने अब ये शुरू कर दिया है एक्टिविटी ऑफ इंसरेट्री एंड एक्सपिरेट्री न्यूरो न्यूरो मतलब है ये जिक्र कर रहा है किसका ये जिक्र हो रहा है सी एन एस सेंटर्स का जो ब्रीदिंग को रिथ्मिक का मतलब है ऑटोमेटिक तो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है ब्रीदिंग का वो कौन से न्यूरो के पास है इंस्परेटरी और एक्सपिरेटरी वो किधर होते हैं ये है आपका तो बेटे इसका जवाब है मेडिला और इधर ये डी और बी बड़े जी हुए होते हैं इसका टाइम स्टैम्प ये है मैं यहाँ ये सीनियर सेंटर डिस्कस कर रहा हूँ इसको देख लीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फोर्टीन विच ऑफ दीज अकर या कर्ज ये जब इस तरह का इसमें आ जाए जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं आएगा बेस्ट चॉइस होगी लेकिन ये लर्निंग है तो ये इसमें कोई मसला नहीं है ज्यूरिंग हाइपोक्सीमिया अब हाइपोक्मिया की टर्म मैंने गालिबन अपने उस रिवीजन वाले आ, उसमें मेंशन किया है यानी कि ये मुझे नहीं इस वक्त याद आ रहा हाइपोक्मिया का बेटे जी मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ ब्लड ठीक है हाइपोक्सिया और हाइपोक्मिया में फर्क ये है कि हाइपोक्मिया की जितनी भी कॉजेज हैं जितनी भी वजूहत हैं वो ज्यादा हाइपोक्सिया भी कॉज करेंगी लेकिन हाइपोक्सिया में हाइपोक्मिया प्लस कुछ और भी वजूहत शामिल होती हैं जिसमें ब्लड का कोई कसूर नहीं होता हाइपोक्मिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाए तो कसूर ब्लड का है हाइपोक्सिया में ब्लड वाले कसूर वाले भी हैं और इसके अलावा भी हैं ठीक है मिसाल के तौर पर साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मैंने आपको पढ़ाया इसमें रिविजन वीडियो में उसमें क्या होता है उसमें ब्लड कोई कसूर नहीं होता ना लंग का कसूर है ना ब्लड का है। कसूर कसूर है है किसका टिश्यू खुद का है वहां पे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो थी। है? तो है, है वहां पे निसार के तौर पर बैठ गया है वो अलाउ ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन को यूज करने के लिए ठीक है तो ऑक्सीन का कोई कसूर नहीं है ना ब्लड का कसूर है anyway, एनी वे तो ये हाइपोक्मिया का की डेफिनेशन है डिक्रीज ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड तो ये कह रहे हैं हाइपोगीमिया हो गया है अः ये हाइपोक्सिमिया के दौरान सॉरी हाइपोक्सिमिया के दौरान क्या होगा इसके नतीजा क्या होगा क्या वेंटिलेशन बढ़ जाएगी क्या प्रोडक्शन ऑफ टू थ्री डी पी ये भी मैंने वो जो हिमोग्लोबन ऑक्सीजन बताया हुआ है या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरेपोलटिन होगा ठीक है या ऑल ऑफ दीज होगा ठीक है चले पॉजे बेटा जी, जी जवाब है ऑल ऑफ दीज इसमें सब होगा आपने ये बात याद रखनी है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया है वेंटिलेशन भी बढ़ेगी ठीक है प्रोडक्शन ऑफ टू थ्री डीपीजी भी बढ़ेगा आपने ये याद रखना है कि टू थ्री डीपीजी वो जो कर्व्स जो राइट वर्ड शिफ्ट है हीमोग्लोबिन कर्व का उसमें भी बढ़ जाता है तो uh, आपने uh, वेंटिलेशन बढ़ा के ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ानी है टू थ्री डी बढ़ा के आपने ज्यादा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज भी करानी है और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आपने ब्लड खुद को भी बढ़ाना है ताकि जितने ज्यादा आरबीसी होंगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पिकअप हो सकती है उसके बाद बात हुई है जो कि बेटे इस वाले सेगमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ के दौरान रेस्परेशन में क्या चेंजेस आते हैं विच ऑफ द्रू कौन सा इन चारों में से ट्रू है इसको आप पढ़ लीजिए और पॉज तो इसका बेटे जवाब है कि वीनस परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन डिक्रीज करती है वेरी क्विकली आर्टीरियल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन डिक्रीज क्यों नहीं करती आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके दिमाग में आएगा मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूं तो मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं या कर रही हूँ क्यों ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम नहीं होती वही बारी पुरानी बात है कि कई मेकेजम्स की वजह से याद रखिए ना ब्लड प्रेशर को एक्सरसाइज में माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में ना ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करने दिया जाता है ना ही पीओ टू को ड्रॉप करने दिया जाता है इतने आराम से नहीं करने दिया जाता ब्लड प्रेशर भी एक्सरसाइज में इंक्रीज करता है जब आप स्ट्रेन एक्सरसाइज करते हैं और पीओ टू भी ड्रॉप करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज यानी जो रेगुलर बंदा एक्सरसाइज करता है उसमें पीओ ड्रॉप नहीं करता तो ए गलत है सी आर्टीरियल पीसीओ इज मेजरेबली इंक्रीज इसको भी आर्टीरियल पीसीओ तो इंक्रीज होता ही नहीं है वो तो वैसे ही ड्रॉप होता है ठीक है हाँ, वो जो वीनस है, है, है? कर सकता ठीक को भी कोई मेजरेबल फर्क नहीं पड़ता आर्टिरियल जो है गड़बड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड में ठूसेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है फिर अब लास्ट दो पे हम आगे हुआ है all of these can bind, बॉन्ड भी ठीक है कैंड बॉन्ड विद ही मजे का सवाल है इन सारों में से आ, कौन सी शह है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाती कॉज। तो बेटे इसका जवाब है ऑप्शन ए आप शायद हैरान होंगे ये बाकी सारे अच्छी तरह मजेदार तरीके से बाइंड करते हैं कुछ तो कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं इनका तो बहुत ज्यादा बाइंडिंग है ठीक है ऑक्सीजन बिचारी भी, भी दरमियानी है जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोसऑक्साइड तो बहुत ज्यादा बाइंड करते हैं जो नहीं करता वो बाई कार्बोनेट नहीं करता बाई कार्बोनेट आइन याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कॉमन फॉर्म है ब्लड में ट्रांसपोर्ट की राइट कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में ट्रांसपोर्ट की सबसे कॉमन फॉर्म बायकार्बोनेट आइन है लेकिन यह प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जाता है ठीक है आखिरी कप्ता एमसी की जनाब वेच ऑफ दबाउट द पार्शल प्रेशर रिमेंबर पार्शल प्रेशर का मतलब क्या है dissolved in plasma uh, partial pressure of carbon dioxide is true concentrating it is higher in yani partial pressure of carbon dioxide higher hai alveoli mein uh nisbat pulmonary arteries ke ya higher hai systemic arteries mein uh, as compared to uh, tissues ke ya ye higher hai systemic veins as compared to systemic arteries ya ye higher hai pulmonary veins ya as as compared to pulmonary ये ये एक ये एक ऑप्शन नीचे रह गया आर्टरीज़ ठीक है, है? चलो अब इसका बताएं पॉज तो इसका बेटा जवाब है इसका जवाब है सी इट इज हायर इन द दिस्टमिक वेन्स सिस्टमिक वेन्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टेमिक आर्टरीज़ ऑब्वियसली क्योंकि ब्लड जो है वो सिस्टेमिक आर्टरीज होता है वह जब में आता है तो वो टिश्यू से गुजर के आता है टिश्यूज में ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लोड की जाती है ए बी और डी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है याद रखिए अः हम मिसाल को तो चले कर ही लेते हैं इट इज हायर इन एलव पलमरी आर्टरी पलमरी आर्टरी का जिक्र क्या हुआ पलमरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है आर्ट्री है लेकिन पलमरी आर्ट्री है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो एलव्यू एलव्यूलाय में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज्यादा होता है ज़्यादा होता है तो ग्रेडियंट बनता है ना और आर्टरी से एलविला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, जिसको फिर आप कर हैं, ठीक है? अच्छा बी भी, भी देख लोजन ये भी गड़बड़ है सिस्टम टिश्यूज में ज्यादा होता है, है. इसीलिए ग्रेडियंट बनता है टिश्यू से आर्टीरियल ब्लड के अंदर जाता है ताकि उसको लेके जाया जाए ठीक है फिर डी देख लो हायर इन पलरी आर्टरीज अब पलरी तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, में कम होगा और पर्मरी आर्टरीज जैसे भी बात की ज्यादा कैरी कर रही ठीक है ओके okay, बेटे उम्मीद ये है ये ये ज्यादा एमसी थे, चंद थे लेकिन मेरी कोशिश रही कि ये आ, सारे यूनिट्स में से कुछ ना कुछ आपकी रिविजन हो जाए एंड अगेन दीज एमसी स्कोर इन योर एग्जाम एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ रेस्परेटरी फिजियोलॉजी ठीक है असल वरहमल वरक